फौन दे दे। चलो सौन देखा देखा थोड़ी बहुत बढ़िया आप चलें चल पर्स। चोर hmm. ना? निकल जाए मेरे शहर से हाथ मिला ले मुझसे जोर से दोस्तों मारा जाएगा अपनी सोच मेरी पावर को मत इन्हें याद रखिए कितना कितना गुरु ठीक नहीं, नहीं है क्या हायर है मैं पास पास तेरे क्यों करते <laughs> <जा, ताया>। क्या यार <sighs> जल्दी कर ले यार कर ले दो